इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका वैसे की 2022 के दसवीं परीक्षा पेपर के लिए एक मॉडल पेपर पेपर देखने वाले हैं हैं जिसमें छात्रों मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा 2022 आईटी के लिए तो होंगे एंड तो तक बने रहिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा छात्र कर मतलब IT, प्रोवाइड कर पाए तो यूट्यूब पर नहीं पढ़ा शायद टेलीग्राम में दे पाए एक दो घंटे पहले एग्जाम के यदि हो सकता है तो है ना तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी तो करते हैं मेरे को स्टार्ट सबसे पहले आपके लिए हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आप पर सही विकल सुनिए ठीक है पहला क्वेश्चन है आपके लिए मौखिक संचार का उदाहरण है तो ध्यान रखना आपका जो सा है ब्लू है इस पे क्या कहते हैं आईटी टी आई टी इस पे इस सौ नंबर के अकॉर्डिंग ही रहेगा आपका सी नंबर का पेपर नहीं आएगा तो आपके पांच नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आएंगे है ना एडसेप्टर थिंकि पांच पांच नंबर पे ही आएंगे देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं वो है, मौखिक संचार का उदाहरण है आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड वाला यानी कि आमने सामने की बातचीत सेकंड बी है संचार का उद्देश्य संचार का जो उद्देश्य है आपका वो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का यानी कि उपरोक्त सभी संचार का उद्देश्य में आपके सूचित करना प्रभाव डालना सोच विचार और भावनाओं को साझा करना ये सभी आ जाते हैं तो आपका जो उद्देश्य होगा वो आएगा उपरोक्त सभी ठीक है थर्ड क्वेश्चन है आपका सी फाइल को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है तो फाइल को पेस्ट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है सी टी आर एल प्लस पी और एड सेक्टर थिंग के लिए आपकी जेड होती हैं ना वी इन्हें भी आप तैयार कर लेना बाकी पेस्ट करने के लिए ऑनली आपकी पी होती है पी मतलब पेस्ट होता है ठीक है आपका डी क्वेश्चन है एक वेब ब्राउजर है ब्रेब ब्राउजर मतलब जिसमें हम किसी चीज को सर्च करते हैं है ना फाइंड करते हैं ढूंढते हैं तो आपके यहां पर पूरा नाम क्या है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देन छात्र जो इंग्लिश में है इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए तो आपके यहाँ पर भी सेम आंसर रहेंगे है ना बस आपकी जो आंसर की लैंग्वेज है वो चेंज रहेगी ठीक है दे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए जो सही विकल्प रिक्त ये पहला क्वेश्चन है सेक्शन और पेज ब्रेक देखने के लिए बटन पर, तो पर, so पर. So, so, पर right सिंगल्प तो काम नहीं है हमें। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं घबराओ मत आएंगे तो जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों शेयर कर देना नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे जिस तो आप क्वेश्चन देख लो ठीक है थर्ड आपका क्लिफ आर्ट एंसर टैब में खालिस्तान ग्रुप, ग्रुप के तहत होता है डी ए होम टैप के तहत खालिस्तान ग्रुप का उपयोग करके स्टाइल चेंज कर सकते हैं और ये टेबल ऑप्शन खालिस्तान टैब में उपलब्ध है ठीक है ये आप क्लियर रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है दिन छात्र देखते हैं सही जोड़ी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी तो आपके लिए लॉजिकल फंक्शन ओरिएंटेशन सेल फॉक्स प्रो प्राइमरी के लिए आपका एक है, में रूप की फ्रीज कर सकते हैं सत्य है असत्य बी है, है, है एरिया चार्ट चार्ट का एलिमेंट है सी है स्प्रेडशीट में फॉर्मूला नहीं लिख सकते डी है टेम्परेचर की चुनने के लिए फायर न्यू पर क्लिक करें ई है स्क्रीन शॉट लेने के लिए सी टी पर प्रिंट स्क्रीन दबाएं ठीक है इस सब सब भी हम आंसर नेक्स्ट वीडियो पे देख लेंगे नैन सा आपके ऑब्जेक्टिव तो ठीक तो ही हैं बहुत कम आपके रिपीट होंगे बट बहुत ज़्यादा आपके रिपीट हो सकते हैं ठीक है मान लो आपके ऑब्जेक्टिव हमने आपको 25 बताए तो लगभग लगभग लग 10-15 से देखने को मिल सकते हैं बट आपके जो क्वेश्चन आंसर है डेफिनेटली आपको आ, 50 से 55 नंबर तक की सेवन टू देखने को मिल जाएंगी है ना तो आपके ये जो दो तीन नंबर चार नंबर वाले क्वेश्चन है अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे पहले आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टें क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा किन स्व प्रबंधन कौशन को लिखिए इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे सिक्स क्वेश्चन आपके सामने जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्रदूषण के स्रोत क्या है सेवंथ क्वेश्चन देख सकते हो क्ले पार्ट को समझाइए एट्थ क्वेश्चन है शॉर्ट की परिभाषा लिखिए नाइन्थ क्वेश्चन आपके लिए तीन डेटा सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए टेंथ क्वेश्चन है दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी पांच समान के question, के के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन इंटरनेट पर परिभाषा लिखिए है आपका क्या है? के प्रकार फ्रंट स्ट्राइक ट्रुथू ठीक है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट फ्रंट कलर टेक्स्ट हाईलाइट कलर इन्हें अभी आपको तैयार कर देना परिभाषा आपकी साथ नंबर के लिए इंपॉर्टेंट ठीक है देन आपका सत्रहवां क्वेश्चन यहाँ पर स्प्रेडशीट में व्यू को समझाई और व्यू के प्रकार लिखिए और अठारवां क्वेश्चन स्प्रेड में स्प्रेडशीट में चार एलिमेंट बताइए तो उन्नीसवां क्वेश्चन आपके सामने डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को समझाइए बीसवा क्वेश्चन परिभाषा लिखिए आपको लिखने परिभाषा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनी लैंग्वेज ठीक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड मैनी लैंग्वेज तो छात्रों ये थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार किए बिना स्कूल जाना ही नहीं हैग्जाम सेंटर में जाना ही नहीं है ठीक है और प्लस वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करना जो तो उनकी हेल्प हो सके थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद